नमस्कार मित्रों मैं आशीष वत्स आप सभी के हृदय कमल पर विराजमान उन क्षीर सागर वासी भव भय भंजन जी हाँ भगवान श्री हरि विष्णु की सदा आलोकित ज्योति जो आपके हृदय में जलती रहती है वो तेजपुंज उसके आगे शीश झुकाता हूँ प्रणाम करता हूँ मित्रों आप सभी इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि त्यौहार भारतीय संस्कृति व जीवन परंपरा का एक अभिन्न अंग है और इन त्योहारों में सबसे रंग बिरंगा सबसे अनोखा हृदय को प्रफुल्लित व उत्साहित करने वाला तथा मन में नव चेतना का संचार करने वाला यदि कोई त्यौहार है तो वो है होली अब आप कल्पना करिए कितना कि सुरम्य व वा सुंदर वातावरण होता है साथियों फाल्गुन की हल्की ठंडी बया होती है भगवान सूर्य नारायण अपनी दिव्य रश्मियों के साथ भारत भूमि को एक नई चेतना प्रदान कर रहे होते हैं साथियों हो, ना सिर्फ इस पर्व का एक प्राकृतिक अपितु तो साथ ही साथ एक ज्योतिषीय व धार्मिक महत्व भी है होली का यह त्यौहार ब्रह्म तत्व का बोध कराता है इस त्योहार के बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों शास्त्रों साहित्यों में भी बहुत ही विषद और मनोहारी वर्णन है कुछ कथा यूं है दर्शकों आपका आधा मिनट का समय लेंगे जब दैत्य राज का शपू अपनी शक्ति के आवेश में मतान्ध हो करके अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्निकुंड में भस्म करने का एक विफल प्रयास किया क्योंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि भय उसे नहीं होगा कोई भी अग्नि होलिका को नहीं जला पाएगी तो हिरण कश्यपु ने ये जो है प्रयास किया कि क्यों ना प्रहलाद को जो है होलिका की गोद में बैठा करके और भस्म कर दे लेकिन जानते ही हैं कि जिनके पालन करता जिनके कर्ता धरता भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु हैं उनको फिर किस बात की चिंता तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया उल्टा होलिका ही उस अग्निकुंड में भस्मीभूत हो गई और दर्शकों देखिए कहावत भी कही गई है हमारे पुरखे पुरानिया कहते आए हैं कि तीन लोक चौदह भुवन चाहे बैरी और जाको राखे साइया मार सके ना कोई हाँ तो मित्रों होली के इस पावन कथा के बाद अब चलते हैं आपके मतलब की चीज जी हाँ आपकी राशि आपका लग्न आपका नक्षत्र आपका नाम अक्षर जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे मिथुन राशि के जात को होली के इस दिव्य अवसर पर मिथुन राशि के जातकों को कौन सा ऐसा प्रयोग है वो कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके भाग्य को बदल करके रख देगा क्योंकि आपने अपने कैरियर अपने परिवार अपने स्वास्थ्य और अपने धन संबंधी जो भी गोल सेट किए हैं आप उसे अचीव करें तो मिथुन राशि के जातकों आप लोग अलर्ट हो सबसे पहले तो कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और ध्यान से हमारे उपायों को सुनें और इन उपायों को आप लोग अपने कॉपी पेन पर कॉपी पेन से इसको लिपिबद्ध भी कर लीजिए साथ ही साथ दर्शकों इस वीडियो को दूसरों के साथ विभिन्न सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पर आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करने का कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है तो मिथुन राशि के जातकों आपको करना क्या रहेगा देखिए होलिका दहन वाले दिन इस मुहूर्त का वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है तो होलिका दहन वाले दिन आपको करना यह रहेगा कि हरी मसूर लेनी है दूसरा थोड़ी सी आपको फिटक्री लेनी रहेगी थोड़ा सा आपको गुड़ लेना रहेगा एक टिकिया कपूर की रख लीजिएगा और सात गुमती चक्र लीजिएगा इसको अपने सर के ऊपर से सात बार एंटी क्लाक वाइज जी हाँ वर्त आपको उतारना रहेगा और होलिका दहन में इन सामग्री को आपको आहुति देनी होगी ये उपाय करिएगा निश्चित इससे आपको लाभ मिलेगा पूरे वर्ष यदि आपका बिजनेस और व्यापार थप पड़ा हुआ लाभ नहीं हो रहा है तो होली के दिन मॉर्निंग में आपको करना क्या रहेगा एक ग्रीन कलर का गुलाल का पैकेट लेना रहेगा और उस पैकेट में आपको एक मोती शंख रखना रहेगा प्लस उसमें सात हरी इलायची रखनी रहेगी थोड़ा सा नाग केसर रखिएगा और एक चांदी का सिक्का उसमें आपको रखना रहेगा चूंकि दर्शकों देखिए मोती मोतीसंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई है और माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन के समय हुआ है तो इस हिसाब से जो मोती संख है ये माँ लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं तो इसको ले लीजिएगा सारी सामग्री को और एक हरे रंग के रेशमी वस्त्र पर इसको रख करके और इसको आप लोगों को फिर लाल रंग के मौली से आपको लपेटना है और लपेटने के बाद इसको आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं कैश बॉक्स में रख सकते हैं या अपने गले में रख सकते हैं मिथुन राशि के जात को निश्चित रूप से यकीन मानिए होली के दिन किया गया ये प्रयोग आपके जीवन में नई खुशियां लाएगा नई चेतना लाएगा मिथुन राशि के जात होली के दिव्य प्रयोग में अगला प्रयोग है कि यदि आप नौकरी और व्यवसाय में अभी तक असफल होते आए हैं नौकरी नहीं मिल रही है बहुत प्रयास किया बहुत इंटरव्यू दिया एक नंबर आधा नंबर किसी किसी लोगों का हमारे पास फोन आता है तो बताते हैं पंडित जी दसमलव एक आठ अंक से उधमपुर में एक डॉक्टर साहब है अतुल जी तो उनका फोन आया था उन्होंने बताया था पंडित जी दशमलव एक आठ अंक से हमारा सिलेक्शन रुक गया था तो बड़ी पीड़ा होती है तो आपको करना क्या होगा मिथुन राशि के जात सबसे पहले जिस दिन होलिका दहन होगी उस दिन रात्रि में एक पीला नींबू लेना है जिसमें दाग ना लगा हो होलिका दहन के दिन रात्रि में 11 से 12 बजे किसी एक चौराहे पर आप लोग चले जाइएगा उस नींबू को आप लोग चार बराबर भागों में कर लीजिएगा पहले उसके बाद अपने सर के ऊपर से एंटी क्लाक सात बार उतारिए और चारों तरफ जो चौराहा है सामने लेफ्ट राइट right, पीछे फेंक करके घूमिए और चले आइए लेकिन शर्त इतना है कि आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है इस उपाय को यदि आपने श्रद्धा पूर्वक कर लिया तो शीघ्र ही आपको रोजगार प्राप्त होगा इसमें तो कोई संशय मिथुन राशि के जातकों होली वाले दिन जिस दिन रंगावली होगी आपको किन रंग के वस्त्रों के परिधानों का प्रयोग करना और कौन सा रंग होली खेलने के लिए आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली होगा तो मित्रों होली के दिन आपको करना क्या रहेगा आप आ, लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग कर सकते हैं आ, और आप नीले रंग के परिधानों का प्रयोग कर सकते हैं इन दो कलर को यदि आप पहन करके होली खेलते हैं तो आपके लिए होली बहुत अच्छी रहेगी तथा यदि आप कलर्स की बात करें तो कलर्स में आपके लिए सबसे अच्छा कलर जो रहेगा ये भी हरा नीला सिल्वर कलर आपके लिए हो गया पिंक कलर आपके लिए हो गया तो इन रंगों के जो है अबीर गुलाल और रंगों का प्रयोग करके आप यदि होली खेलते हैं तो निश्चित ये होली आपके लिए यादगार रहेगी तो दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपको होली से संबंधित हमारा ये वीडियो जो है ये पसंद आया होगा